सिंगरौली में सरकारी संस्थानों के अलावा निजी संस्थानों में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया ब्राइट एकेडमी पब्लिक स्कूल बरगवा और अमृत विद्यापीठ विध्य जैसे निजी संस्थानों ने समारोह का भव्य आयोजन किया वहीं जिला मुख्यालय का कार्यक्रम चुन कुमारी स्टेडियम में बड़े धूमधाम से सम्पन्न हुआ देश भर में गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया इसी उपलक्ष्य में सिंगरौली के निजी संस्थान ब्राइट अकेडमी पब्लिक स्कूल बरगवा माया महाविद्यालय मोरवा अमृत विद्यापीठ विधनगर इंडियन चिल्ड्रन एकेडमी बेड़न आंगनवाड़ी केंद्र पचौर में हर्ष उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मनाया गया वही जिला कलेक्टर अरुण कुमार परमार ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों व मुख्य एवं जनता की उपस्थिति में स्टेडियम में ध्वजारोहण किया ध्वजारोहण के बाद कलेक्टर ने परीड की सलामी ली संदेश वाचनों के बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया कई झांकियां निकाली गई जिसमे यातायात पुरुष की झांकी को सभी ने पसंद किया